पता नहीं ये इंद्र भी कोई पुराने जमाने का पॉलिटिशियन है कौन है क्या है क्या मामला है इसको इस गंदे काम को करने में कैसे रस आ रहा है और एक दो तो दिन में समाप्त भी नहीं हो रहा वो चल रहा है हजारों साल से तीन मुनियों के बाबत इंद्र को खबर लगी की वे बहुत गहरी साधना में प्रविष्ट हो गए उसने उर्वशी को कहा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 सब भांति पाए की लेकिन वो तीनों बैठे थे और बैठे थे और देखते रहे आखिर उसने अपने ऊपर के वस्त्र निकाल के अलग कर दिए उसके ऊपर के के वस्त्रों के ही एक मुनि चिल्लाया कि बस अब हद हो गई अब बर्दाश्त के बाहर है दूसरे दो तो मुनियों ने कहा आंखें बंद कर लो क्योंकि उर्वशी के नृत्य पर हमारा क्या बस अपनी आँखों पर हमारा काबू नाचती है उसे नाचने दो अगर तुम घबरा गए और डर गए तो आंखें बंद कर लो उस मुनि ने आंखें बंद कर ली बंद करते ही उसे दिखाई पड़ा और वसी इतनी सुंदर कभी भी नहीं थी जितनी बंद आंखों में दिखाई पड़ने लगी जिसने भी आंखें बंद की हैं उसको ये सदा दिखाई पड़ा है बंद आंख जिंदगी में जो है उसे बड़ा बड़ा रूपक बड़ा मोहक आकृति दे देती है बड़ी सम्मोक बड़ी दे देती। कभी भी किसी चीज को आंख बंद करके देखें तो पता चल जाएगा भयभीत होकर आंख बंद कर लेकर भीतर है सपने बहुत सुंदर है यथार्थ से खुली आँख यथार्थ देखती है बंद आंख सपने देखने लगती और सपने तो बहुत मनमोहक है उसने आँख बंद की वो ने पीट फेर ली वो और आया। के भागने लगा और उसकी कामना की उर्वशी उसके पीछे रक्त करने लगी उसकी आंखों में भीतर दौड़ने लगी उसके प्राणों में उसके घुंगू सुनाई पड़ने लगे, लेकिन दो अभी बैठे थे और देखे जाते थे उर्वशी ने नीचे के वस्त्र भी निकाल कर फेंक दिए वो पूरी दख हो गई दूसरा मुनि चिल्लाया अब हथ हो गई अब बर्दाश्त के बाहर गए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 और कुछ उखाड़ने को नहीं था चमड़ी के बाद फिर कुछ भी उखाड़ने को नहीं है वहाँ तो जो कुछ है वो सब छिपाने को वो उर्वशी भागने लगी और वो मुनी उर्वशी का पीछा करने लगा उर्वशी घबराई कि कहीं वो चमड़ा ना उखाड़ ले वो भागते हुए इंद्र के पास पहुंची उसने कहा कि बचाओ एक अद्भुत आदमी से मिलना हो गया है वो कह रहा है की चमड़ा उखाड़ के भी अंदर कुछ होता हम उसे देख लेना चाहते है ऐसे आदमी से कभी मिलना नहीं होगा ये आदमी तो बड़ा अजीब इसके दो साथी तो आंख बंद किए और भाग गए लेकिन ये खोले ही बैठा रहा मैं आपसे निवेदन करता हूँ न तो वासना में निरंतर घूमकर कोई कभी वासना से मुक्त होता है और तृप्ति को पाता है और न वासना से भागकर कभी कोई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 जीवन का सारा रहस्य उद्घाटित हो जाता है उस व्यक्ति के समक्ष जीवन में कुछ पाने जैसा नहीं रह जाता उस व्यक्ति के समक्ष जीवन में कोई दौड़ नहीं रह जाती और ना कोई भागना है जहाँ दौड़ नहीं है वहा कोई भागना भी नहीं है जहाँ कोई आकर्षण नहीं है वहाँ कोई विकर्षण भी नहीं है और जहाँ कोई राग नहीं है वहाँ कोई वैराग्य भी नहीं है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 वहाँ वहाँ रस और भी पैदा हो जाता है यहाँ इस दरवाजे पर हम लिख के टांगने की भीतर झांकना मना फिर यहाँ से निकलने वाला कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि बिना भीतर झांके की आकांक्षा लिए निकल जाए बहुत कम लोग ही होंगे जो यहाँ से बिना झांके निकल जाएं और निकल भी जाएंगे तो पछताएंगे पीछे लौट के देखने के मन में आकांक्ष जगी रहेगी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 उस आकर्षण के पर्दों को गिरने दें, उसके एक एक वस्त्र को गिरने दें और खोजें वहां तक जहां तक हड्डी और मांस न आ जाए और जहां सारा आकर्षण न हो जाए, अगर और खोजने वाली आ तो दुनिया में कोई आकर्षण ऐसा नहीं है जो राह सिद्ध न हो लेकिन हम आंख बंद कर लेते हैं या तो हम मोह में आँख बंद कर लेते हैं या हम द्वेष में आख या तो हम आँख बंद कर लेते हैं तीव्र आकर्षण में और या हम आँख बंद कर लेते हैं तीव्र विकर्षण में दोनों हालतों में आंखें बंद हो जाती हैं और बंद आंखें जीवन में सारे दुख का कारण कैसे आँख खोली जा सके जीवन के सत्यों के प्रति कैसी आँख खोली जा सके पहली बात पहला सूत्र हमेशा स्मरण रखे है अगर दूसरे की शिक्षाओं को पकड़ के आपने जीवन में खोज की आपकी आंख हाँ कभी नहीं खुल सकेगी आपकी हाँ कभी नहीं खुल सकेगी क्योंकि जीवन के तथ्यों को आप किसी सिद्धांतों की आड़ से देखना शुरू कर देंगे और कभी निष्पक्ष ना हो पाएंगे अगर आप क्रोध को देखने गए हजारों साल से सिखाया गया है क्रोध बुरा है अगर आप सेक्स को देखने गए सिखाया गया है सेक्स बुरा है